एक रात जब मुझे हिचकिया आने लगी मुझे लगा वो मुझे याद कर रही होगी उसके ऊपर लिखा है और देखना हिचकिया कहां से कहां तक जाती है कि वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी वो मुझे भूलने की कोशिश बार बार कर रही होगी मेरी हिचकियों से लगता है वो मुझे याद कर रही है या आज फिर वो घर में अकेली हो गई होगी आज फिर वो घर में अकेली हो गई होगी या उसकी मम्मी आज फिर से जल्दी सो गई वो मेरे फोन का इंतजार कर रही होगी मेरा लास्ट सीन चेक बार-बार कर रही होगी परेशान कर, हो कर रहा होगा उसके जज्बातों से लिखा खत आज उसे ही बेजुबान कर रहा होगा ये अपने आप को लाचार साबित वो बार बार कर रही होगी मेरी हिचकियों से लगता है मुझे याद कर रही होगी